दिमाग यानी ब्रेन हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो हमारे बॉडी के सारे अंग को कंट्रोल करता है अगर आपका माइंड तेज और शार्प है तो आप कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं रहोगे अक्सर सुनने को मिलता है कि हम दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और अगर दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो यादाश्त शक्ति काफी तेज हो सकती है दिमाग पर अभी तक काफी रिसर्च हो चुकी है और कई रिसर्च में एक ही बात सामने आती है कि हम लोग अपने ब्रेन को बहुत कम या छोटे हिस्से का इस्तेमाल करते हैं वैसे हमारी मानसिक क्षमता काफी ज्यादा होती है फिर भी हम लोग अपने ब्रेन का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण हमारा ब्रेन शार्प और इंटेलिजेंट नहीं होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति का कहना है कि हमारा दिमाग एक पैरासूट के जैसा होता है यह सिर्फ तभी काम करता है जब यह खुला होता है अब समय के अनुसार दिमाग लगाने का काम तो और भी कम हो चुका है क्योंकि हम अधिकतर चीजों में मशीनों का इस्तेमाल करते हैं उदाहरण के लिए अगर हमें कोई छोटा कैलकुलेशन भी करना होता है तो हम मोबाइल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं यानी अपने माइंड पर ज्यादा जोर देना ही नहीं चाहते जिसके कारण हमारे ब्रेन को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है जिस तरह एक व्यक्ति को कुछ दिनों तक काम नहीं दिया जाए तो वो धीरे धीरे लेजी बन जाता है उसी तरह हमारे ब्रेन से अगर वर्क नहीं लिया जाए तो वो डीएक्टिव हो जाता है और ये पहले जैसा वर्क नहीं करता है ऐसे ब्रेन वाले व्यक्ति को ही मेंटली वीक कहा जाता है क्योंकि ये लोग अपने दिमाग से ज़्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं और डेटा इस्टोर करने के लिए किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये काम आपका दिमाग भी कर सकता है क्योंकि दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज वर्क करता है क्योंकि सुपर कंप्यूटर को ब्रेन ने बनाया है ना कि सुपर कंप्यूटर ने ब्रेन को इसलिए तो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर ब्रेन को कहा जाता है ब्रेन के इतने पावरफुल होने की वजह यह है कि हमारे ब्रेन में 10 अरब से भी ज़्यादा न्यूरोन्स होते हैं और इससे कई गुना तक उनके कनेक्शन होते हैं जो सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि हम लोग अपने दिमाग में एक कंप्यूटर की तरह ही डाटा स्टोर कर सकते हैं और लाखों इन्फॉर्मेशन और बातें अपने दिमाग में रख सकते हैं लेकिन याद रहे जिस तरह एक वायरस कंप्यूटर को कमज़ोर बना देता है उसी तरह नेगेटिव बातें हमारे ब्रेन को वीक बना देती है इसलिए आप अपने ब्रेन में अच्छी बातें और सही इन्फॉर्मेशन ही रखें किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए ब्रेन का 100% इस्तेमाल नहीं करता हूँ बल्कि मैं 100% ब्रेन का इस्तेमाल करता हूँ इसलिए मैं इंटेलिजेंट हूँ ब्रेन का छोटा सा भाग इस्तेमाल करने वाले कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि जो जितना बोएगा वो उतना ही काटेगा अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कितना करते हैं हम लोग अपने ब्रेन से जितना काम लेते हैं उतना ही हमारा ब्रेन का मेमोरी पावर स्ट्रोंग होता है और हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखते हैं इसलिए आप खुद से कम और अपने ब्रेन से ज़्यादा वर्क लो